हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल एंड आप सभी का वेलकम बैक बैक अगेन एंड नमस्ते लाइन तो गाइस आज का हमारे ये वीडियो होने वाले फ्री फायर के अपकमिंग इवेंट के बारे में जो जल्द ही हमारे सर्वर इंडियन सर्वर पे आ सकते हैं तो चलो देखते हैं क्या है आता है और क्या नहीं तो गाइज जो हमें एडवेंस सर्वर पर जो मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखा था अपना क्रिस्टनो रोनाल्डो यानी कि क्रोनो यानी कि सिया निकला है भाई और वही था देखो इसका लुकअप वो भाई साहब कही जेहरे भाई मुझे तो अच्छा लगा और एबिलिटी भी अच्छा ही है भाई बहुत तो हमारे सर्वर पे आने वाली ही न्यू एम एटीन की विंटरलैंड वाली स्क्रीन जो कि ओपी सा है इसका एटीट्यूड भी डबल रेंज रिलोड स्पीड माइनस एंड मूवमेंट प्लस यानी कि रिलोड रेंज डबल होने के कारण वजह से हम ड्रैक बहुत ही आसान तरीके से मार सकते हैं और ये बाइक की स्किन भी शायद मैं भी जल्दी आ सकता है और ये बैक ये कुछ रैबिट्स और क्या बोले कौन सी टाइप का है मुझे ही पता नहीं चला और गए जो थोड़ी देर पहले मैंने एम एटीन स्क्रीन दिखाया न था वो शायद इसी टाइप का इवेंट पे आ सकता है जैसे पहले आता था ना वो एम एटीन का वैसे ही और उसके सिंपल रिवार्ड्स में भी कुछ तो है एंड ये स्क्रीन पे देखी गई भी कुछ बीस आर्म म्यूटन जैसा कुछ इवेंट आया है और ये ऊपर का कुछ बंडल और ये सिंपल से गन स्क्रीन का क्रिएट मिल रहा है और छः डेमन में ये ऊपर का पाँचवीं से एक गैंटी मिलेगा परमानेंट एंड देखो गाइज ये इसमें जो जो कुछ देखे ना वो सब फ्री में मिल सकता है हमें कुछ रिवॉर्ड्स या कौ, टास्क कंप्लीट करने के बदले में तो गाइज जरूर कंप्लीट करना एंड देखो गाइज ये है लगिंग डे लगिंग करने पे कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है और तो और ये सॉफ्ट बोर्ड भी मिल रहा है कुछ खास ज़्यादा ओपी दे रहे और गेम प्ले करने के बदते में ये एम्फो एवन गन ग्रेट बॉक्स दे रहा है और देखो देखोगाइज ट्रैवल यानी कि गेम प्ले करने के बदले में और कुछ इवेंट ये वंडर शिवा का बॉक्स और दि स्पेट रॉकी का स्क्रीन भी, भी मिल रहा है तो फ्री में और ये कुछ गन क्रेट डायमंडल बॉचर्स और बैक सिंपल बैक तक है गेम प्ले करने के बदले में दे कुछ तो नहीं है रुको तो चलो इस सर पे भी कुछ स्पिन पैर लिया जाए ए, देखो क्या क्या है इस पे इस पे डायमंड हमारे पे मेल बंडल आए उसका फीमेल बंडल आए है उसका देखो ये क्या है? बेस्ट पैंट जूज शूज मास्क टाइप का कुछ है और ये कबाल मिसिंग जैसी कुछ है भाई शायद नेक्स्ट टाइम हमारे पे आएगी वो इसके बाद मिल और ये फेडर वेल पे आया है ये बंडल तो देन आया है। देखो गोल पे भी बंडल है भाई एंड देखो अभी तक इसमें कैरेक्टर्स है हमारे पे नहीं आया है भाई और अभी तक इसमें ये एम एस पी डी यानी कि जगरनाथ पे इस अभी चलो कुछ स्पिन तो किया था चार्टों के नहीं बहुत से स्पिन कर लिया जाए पहले इस पर नॉर्मल सी लग आसमानी के लिए एंड नाउ स्पिन ओ भाई ओ भाई साहब क्या मिल ओ भाई इसका वाटर एलिमिन एक ही स्पिन पे फ्री में मिल गया भाई वाह क्या ही लग था मेरा दिन ये कौन सी चीज है भाई दिन दिन दिन भाई के लिए यूएमपी दिन का नाइन जीरो के लिए तो कोई बात नहीं फिर एक स्पिन कर लेते चलो तो। ओके क्या ही? ओ ना थ्री डे के लिए कोई बात नहीं और गाइड स्टोर पे आने वाली यानी की कुछ इवेंट पे के दौरान हमारे इस सर्वर पे आने वाली कुछ न्यू बंडल्स फैंटम बियर पूरा का पूरा भालू टाइप का है एंड ये अच्छा ये एंड देखो ये नॉर्मल सी कपड़े भी हैं एंड और आने वाले ग्रीन पे ये मिस्टीरियस पोर्टल यानी की जो हम ग्रेम के लॉबी के अंदर लगा के से गोल्ड और डायमंड ले सके मैंने अभी तो तक सिर्फ ज्यादा में wow. तीन तो ही पाया तो कॉमेंट में बताना आपने कितना टाइम तक पाया और देखो ये अपना गिफ्ट सेक्शन भाई देखो गिफ्ट सेक्शन में हो जाता भाई और देखो गिफ्ट सेक्शन पे आया है एफ एफ डब्ल्यू सी का थोड़ी और ये कि का फुल वाँग भाई वाह और ये तो कुछ नॉर्मल आने वाली क्या कहते हैं वो शायद टोकिन में भी आ सकते और कुछ और में भी तो देखो वो बंडल कौन से तो वो बंडल है ये भाई उतना खास तो नहीं लगा मुझे फिर भी शायद कुछ इवेंट पे आ सकता है पर रैंक टोकन पे या एफएफ टोकन इन दोनों में एक टोकन में तो आ ही जाएगा ये शायद कुछ और इवेंट आ सकते हैं तो वो देखते हैं ये है 90% अब तक साइनस गैरस में 90% परसेंट ऑफ का डिस्काउंट मिल रहा है <coughs> तो चलो देखते हैं देखो भाई पेक वन आइटम इन इट्स लाइन ओके तो देखो इन एक बंडल्सों में एक नीचे <coughs> में अठॉर्ट में से उसमें हमको मिल सकता है बहुत सारे डिस्काउंट्स तो देखो इसमें 73% का निकला पर हमें नहीं चाहिए वो अभी अपना फ्री फायर इंडियन सर्वर का नहीं है ना तो क्यों लिए भाई देखो और ये फॉर रिडक्शन का भी नहीं डिपेंड नाइन्टी परसेंट ऑफ का डिस्काउंट सेम डिस्काउंट वाला इवेंट दोनों एक साथ भाई साहब देखो बंडल्स जो मैंने दिखाई थे ना बेयर वाले वो बंडल इसी इवेंट पे आया है और बहुत सारी चीजें जो डिस्काउंट पे आए हैं देखो टेबल का कार्ड तीन सौ डायमंड पे भी मिल रहा है एंड स्कार्फ का जो पहले बारे मैंने वीडियो पे देखा था उसका टोकन का कुछ और रिल हो और देखो गाइज टॉप टॉपअप इवेंट पे टॉप अप पे मिला है ग्रेनेड का स्किन वो भी एटी बड़ी यानी कि एटी का टाइम में पूरा आइस ओ भाई बैकपैक देखो भाई बैकपैक ये कौन सी बैकपैक है भाई एंड ये कौन सी इवेंट है ब्लू प्रिंट को हम शायद तो वही है ब्लू प्रिंटूसन है एक्सेंट करने वाली एंड देखो गाइज जो थोड़ी देर पहले देखा थे ना मैंने लॉक लगाने वो भी लॉगिंग करने पे मिल रहा है और ये बाइक की स्किन भी oh मिल रहा है फ्री में वो भी सी आर के स्टाइल का भाई वो सी आर कैरेक्टर आ रहा है ना क्रोनो कि अपना क्रिश्चन रोनाल्डो इसीलिए ये बाइक भी शायद फ्री में मिल सकता है हम सभी को तो गाइज आज का वीडियो भी इतना था तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा टेन टेक केयर बाय बाय